सो so, हेलो दोस्तों मेरा नाम मयंक और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल एम टू चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है BSC की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों इसका सही उत्तर है बैचलर ऑफ साइंस जिसे हिंदी में विज्ञान स्नातक कहते हैं दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न है बीकॉम कॉम की फुलफॉर्म क्या है दोस्तों बीकॉम कॉम की फुलफॉर्म है बैचलर ऑफ कॉमर्स जिसे हिंदी में वाणिज्य स्नातक कहते हैं दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न है बीटेक की फुल फॉर्म क्या है तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी जिसे हिंदी में प्रौद्योगिकी में स्नातक कहते हैं। दोस्तों आपका चौथा प्रश्न है एम कॉम की फॉर्म क्या है दोस्तों एम की फुल फॉर्म मास्टर ऑफ कॉमर्स है जिसे हिंदी में वाणिज्य में परा कहते हैं दोस्तों आपका पांचवा प्रश्न है एम की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों एम की फुल फॉर्म हो जाएगी बैचलर ऑफ मेडिसन एंड ए बैचलर ऑफ सर्जरी दोस्तों आपका छठा प्रश्न है बी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों बीए की फुल फॉर्म हो जाएगी बैचलर ऑफ आर्ट्स जिसे हिंदी में कला स्नातक कहते हैं दोस्तों आपका सातवां प्रश्न है एमए की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मास्टर ऑफ आर्ट्स दोस्तों आपका आठवां प्रश्न है आईआईटी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों आईआईटी की फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दोस्तों आपका नवा प्रश्न है MBA बी ए की फलफॉर्म क्या है दोस्तों MBA बी ए की फुलफॉर्म हो जाएगी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपका दसवां सवाल है BSc एस सी की फलफॉर्म क्या है तो दोस्तों बी की फुल फॉर्म हो जाएगी बैचलर ऑफ साइंस दोस्तों आपका ग्यारहवा सवाल है एमएससी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों आपका बारवा सवाल है कि बी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों आपका तेरवा प्रश्न है बी की फुल फॉर्म क्या है तो दोस्तों एम की फुल फॉर्म हो जाएगी डॉक्टर ऑफ मेडिसन सुबह so आज का वीडियो बस यहीं तक यदि आप इसी प्रकार हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल एम टू नॉलेज को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो